सुहेगा so, hey कैसे हो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 फीट बाय 30 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर बनवाते समय आपका एक क्वारीज रहता है कि इसमें मार्बल लगाएँ या टाइल तो ये भी आपको आगे पता चलने वाला है तो देखो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्लोर की लाइफ ज़्यादा हो मतलब बीस से तीस साल उसकी लाइफ हो तो मार्बल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है एक बार खर्चा करने की ज़रूरत है लाइफ जो मार्बल की है वो बहुत ज़्यादा है और अगर बात करें हम उसके वैरायटी अब आजकल क्या हो गया है मार्बल क्या है सेमी मतलब नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल दोनों मिक्स करके बनाया जा रहा है वो जो चीज़ है उसमें आपको वैरायटी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी उसमें मिल जाएगी और जो अगर हम बात करें इसके डिस सॉरी एडवांटेज की तो जो मार्बल रहता है उसमें लाइफ भी ज़्यादा है ये आपके ए, रूम को भी ठंडा रखेगा और इन फ्यूचर कभी क्रैक भी हो जाता है तो उसमें आप ग्राउटिंग भी करवा सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्लोरिंग की लाइफ ज़्यादा हो तो आपके लिए मार्बल एक बेस्ट चॉइस है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं एक तो इसका लेइिंग कोस्ट ज़्यादा है दूसरा हर 10 साल से इसको रिपोलिश कराना पड़ेगा नहीं भी कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा डल दिखने लगता है अभी बढ़ते हैं हम टाइल की तरफ तो देखो टाइल में क्या चीज़ है टाइल का एक में पहले फ़ायदा बताऊंगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी इतनी वैरायटी आपको मार्बल में नहीं मिलेगी एंड इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बिल्कुल कम है और इसमें कोई पॉलिश नहीं कराना पड़ता है लेकिन एक चीज़ इसमें डिसडवाटेज है वो क्या है कि आपने एक बार टाइल लगवा दिया अगर फ्यूचर में कभी ये टूट गई तो अगर पड़ी होगी आपके पास तो ठीक है लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वो नहीं पड़ी है तो मार्केट में ढूँढते रह जाओगे बहुत कम चांसेस मिलने के लेकिन टाइल का जो लाइफ है वो मार्बल के आधा होता है मतलब 10-15 है और डल ये भी हो जाता एंड ग्रेनाइट लगवाने का बेस्ट जगह है किचन किचन में लगवाओ आपको ये बेस्ट लुक देगा और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है सो आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि आपको क्या लगवाना है तो आगे देखो मैं इसका डाइमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट उसके बाद से एंटर करेंगे अपने घर के अंदर तो यहाँ से स्टेयर आप और थ्री फीट वाइड स्टेयर रखा है मैंने एंड उसके बाद से ये यहाँ से यहाँ तक टेन फीट रखा है मैंने स्टेयर एंड यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सिक्स फीट एट इंच रखा है उसके बाद ये अपना इसको लॉन्च भी रख सकते हो मैंने इसको लॉन्च रखा है एंड सेवन फीट सेवन इंच बाय सेवन फीट टू इंच का रखा है इसको मैंने उसके बाद से अपना ये यहाँ पे मेन डोर आएगा मेन डोर आपको फोर इंच का फोर फीट का रख सकते हो एंड दिस इज ओ और शॉप इसका साइज मैंने रखा है एट फीट बाय टेन फीट का आप यहाँ पे एक रोलिंग शर्टर भी लगवा सकते हो आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड अगर आप किराए पे देना चाहते हो तो आप यहाँ पीछे ये डोर मत लगाओ दिस इज और डाइनिंग गर्म ड्राॅइंग हॉल जिसका साइज मैंने रखा है फोर्टीन फीट टू वन इंच बाय नाइन फीट काफ़ी ज़्यादा स्पेस तो नहीं है लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड दिस इज और बाथ कम लैटरिंग जिसका साइज मैंने रखा है सिक्स फीट टू इंच बाय फोर फीट का एंड uh, यहाँ पे मैंने वॉश मेसिन का प्रोविजन किया है यहाँ पे टू फीट सिक्स इंच वाइड मैंने रखा है वॉश मेसिन एंड दिस इज और किचेन जिसका साइज मैंने रखा है एट फिट टेन इंच बाई एट फिट का ये बेहतरीन होगा एंड दिस इज़ डोर और ये है अपना जिसका है अपना बेडरूम साइज़ मैंने रखा फीट फीट इंच इंच बाय का वीडियो so, अच्छा लगा हो तो लाइक like कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो कोई बात नहीं इसमें आपका बिल्डिंग कॉस्ट आएगा टेन टू टैक्स डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर एंड कॉलम साइज 10 इंच इंटू ट्वेल्व इंच का रखो एंड 16 एम mm का टोर फोर यूज़ करना है एंड विंडो साइज़ आपका 3 फीट बाई फोर फीट 3 फीट बाई फाइव फीट 4 फीट बाई फाइव फीट जो भी अच्छा लगे रख सकते हो एंड वेंटिलेशन 2 फीट इंटू 1 फीट डोर का साइज आपको रखना है थ्री फीट सिक्स इंच इंटू सेवन का एंड टॉयलेट किचन डोर का साइज टू फीट सिक्स इंच इंटू सेवन का आप रख सकते हो एंड इसका कॉलम पोजीशन देख लो आप कॉलम एक बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अगर फाउंडेशन बीम पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन सही ना हो तो बिल्डिंग कोलैप्स करने के भी चांसेस होते हैं तो ये प्लान कैसा लगा लाइक like, कमेंट में जरूर बताना एंड ऐसे और अमेजिंग हाउस प्लान के लिए लाइक like से एंड सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ लव यू ऑल जय हिंद